नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका गोसाल मखी चैनल पर तो आप लोग कैसे हो आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे आज बहुत दिनों के बाद एक नया बिल्कुल फ्रेश बिल्कुल लेटेस्ट गेम प्ले लेकर आए हैं जिसमें आपको मिलेगा ढेर सारा मज़ा और प्यार हम बियर हाउस में लैंड कर चुके हैं छोटी मोटी लूट हो गई है मेरे पढ़ने भी लगी है लेकिन किलर आकाश ने जो कि मेरे टीम हैं उन्होंने उसको नॉक कर दिया है और नोक बंदे को मारने में मुझको बहुत मज़ा आता है आप लोगों में जितने लोग वीडियो देख रहे हो इनमें से जिनको नाक बंदे को मारने में मजा आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितना मज़ा आता है हमें पूरा वीडियो देखिएगा आपको पता चल जाएगा कि एक टीममेट होना एक अच्छा टीममेट होना टीममेट होना तो अच्छी बात है लेकिन एक अच्छा टीम होना कितना किसी टीम के लिए जरूरी है तभी आप गेम जीत सकते हो अन्यथा नहीं तो अब हम डाप लूट चुके हैं डाप में ए भी मिल गई है अब चलते हैं कहीं ऐसी जगह पर जहां पर बंदे दिख जाएं तो हम पहुंच जाते हैं थर्ड थर्डिल के पास और यहां पर एनिमीज होने की जानकारी मिली थी और बिल्कुल जानकारी सही थी एनिमीज हैं और हम देखो कैसे इनका खात्मा करते हैं देखो ए डब्ल्यू एम को हम चला रहे हैं ऑटो पर लेकिन एक भी गोली नहीं लग रही पता नहीं क्या हुआ है हमारे टीम मेट आकाश बराबर मारे जा रहे हैं और हम नाक वाले को मार रहे हैं आज बड़ा मज़ा आ रहा है मुझको अब मुझे गुस्सा आ गई अब हम सीधे रस कर देंगे इनके ऊपर लेकिन वो भी साले कैंपर हैं नंबर एक के बैठे हैं आ नहीं रहे हैं ना कुछ दिखा रहे हैं तो हम दोनों लोग बोट फायरिंग करते हैं तो इतने में देखो आओ चाचा हमको बोट समझते हो लो ए डब्ल्यू एम का साठ बस एक ही साठ में हेलमेट गायब कि ला गया सीधे आप जाकर कोई डर नहीं अब हम सीधे अब तो रस कर देंगे देखिए यहाँ पर जो बंदा हमको बोट समझ रहा था वो यहाँ पर मरा था और ये एक नदी में भी है इसको भी हम पेड़ पाल के राम बना देते हैं लेकिन आज पता नहीं क्या मामला है ए डब्ल्यू का हेडशॉट सही बैठ नहीं रहा ये देखिए यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त कांड हो रहा है बहुत ज़्यादा एनिमीज हैं हमारे टीम मेट भी उधर ही फायरिंग कर रहे हैं लेकिन हमारे घर में एक फुटप्रिंट आ चुका है यहाँ पर भी एनमी आ रहा है उसको ये पता नहीं है कि यहाँ पर कौन खेल रहा है आज गोसाल मक्खी है उससे बचकर नहीं जा पाएंगे लेकिन हम गन भी बदल लेते हैं अच्छी वाली ले लेते हैं थोड़ा सा जिससे बच ना पाए चारों तरफ एनमी एनमी हैं सब तरफ से गोलियाँ पड़ रही हैं लेकिन देखिए आपका भाई कहते हैं आ गए फिर भी बस नोक हो गए कितनी बार समझाया कि जहाँ पर गौसल मक्खी खेल रहा हो वहाँ पर थोड़ा संभल कर आया करो तब भी नहीं मानते हैं लोग आ जाते हैं बस तेल पाल के रामपाल बन गए लेकिन इतनी देर में मेरे टीम मेट को भी तेलपाल के एक रामपाल बना देता है लेकिन उसको हम फिर बदला खून का बदला खून से तुरंत लेते हैं और हमारी एच देखिए गोली जो पास से निकल जाती ना तब भी हम किल हो जाते या मर जाते इतनी कम हेल्थ बची थी वन एट्टी से भी कम थी देखिए फिर से हमारे पढ़ने लगी है साले सब हमारे पीछे पड़े हैं लेकिन इनको हम छोड़ेंगे नहीं लो तुम भी बच गए चलो कोई बात नहीं अब की बार फिर से फिर बच गए बहुत आज बच रहे हो हमारे साथ से लेकिन ये कुत्ता गन से अब नहीं बच पाओगे इससे नहीं बच पाओगे पक्का है इससे भी बच गया लगता है इसकी खिदमत बहुत अच्छी है गौसाल मक्खी से बच रहा है बार बार लेकिन अब बार ये नहीं बचेगा हलो अब की बार हमें हमको घुटनों पर ला दिया किलर आकाश ने धुआं सुलगा दिया है इसलिए नहीं कि हमको दिखाई न दे इसलिए कि मैं नीचे रगड़ रहा था मच्छर ना लगे क्योंकि मच्छर काटने से जानते हो आप लोग कौन सा रोग हो जाता है तो किलर आकाश के हो गया था ना तो समझ रहे हैं कि मच्छर नहीं लगने चाहिए बाकी कुछ हो जाए इसीलिए तुरंत धुआँ सुलगा दिया था अब सामने कुछ एनिमी दिख रहे हैं अब ऐसा करते हैं वहीं जाएं सीधे रस करें तभी काम चलेगा ए डब्ल्यू एम तो ऑटो पर चल रही है आज एक भी साठ लग नहीं रहे हैं सही सलामत तो अब ए डब्ल्यू एम के सहारे नहीं अब हम टॉमी गन से लेकिन अब टॉमी गन भी काम नहीं करेगी बमबाजी करते हैं दोनों लोग इतनी ज़्यादा बमबाजी कर दिए हैं कि उसकी समझ में नहीं आ रहा कि किधर कूदें किधर जाएँ देखो अब इसकी गाँठ ही जल जाएगी अब अब इनकी हेल्थ बहुत कम कम बच्ची है सब लोग जो है इनकी अब देखो ये काली काली चरण आ गया था इतना खतरनाक जो बंदा है पेल पाल के रामपाल इसको बना दिया इसको अब पेलेंगे केवल रामपाल बाद को बनाएंगे ये जा रहा है अंधा है बिल्कुल तो इस प्रकार से हमारा चिकन डिनर हो जाता है आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें